शेफमैन फ्रेंड्स अगर आपको अपने वर्क डेस्क पर चाहिए एक ऐसा रिफ्रिजरेटर जो साइज में बहुत ही छोटा हो तो आप इस शेफमैन मिनी फ्रिज पर नजर डाल सकते हैं दोस्तों एक ऐसा मिनी पोर्टेबल फ्रिज है जो आपके वर्किंग डेस्क पर बहुत ही कम जगह में फिट हो जाता है और खास बात तो यह है कि यह फ्रिज कोल्ड और हॉट दोनों टेम्परेचर पर ही काम करता है मतलब अगर करना हो किसी खाने को गर्मी या शेफमैन वो भी इजीली कर लेता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो आप इस फ्रिज में छह टिन के कैंस को इजीली रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रिज चार लीटर के स्टोरेज कपेसिटी के, के साथ आता है और इसे यूज करना बेहद ही आसान है दोस्तों बस आपको इसे देना है पावर और अपने अकॉर्डिंग कोल्ड या हॉट टेम्परेचर को सेट कर आपको बैठ जाना है अपने सीट आरोप साथ ही यह पोर्टेबल होने की वजह से इसे आप अपने कार में भी यूज कर सकते हैं। वेल तो गाइज अगर आपको भी किसी छोटे फ्रिज की तलाश थी तो आप मिनी फ्रिज को amazon.in से 4000 रुपए में खरीद सकते हैं लिंक कहाँ है आपको ये तो पता ही है